ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਬਈ ਕੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਹੱਥਾ ਨਾ ਤਰੋਕਾ ਅਖਾਣਾ ਦਿਲਾਂ ਇੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਬਜਾਏ ਹਉਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਜੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਗੇ ਤੂੰ ਹੱਥਿਆ ਗਿਆ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਫੇਲ ਭੇਜਣਾ ਬਸ ਹੀ ਕਰ ਬਸ ਸਭ ਸੇ ਅਲੱਗ ਸਭ ਸੇ ਅਸਲੀ ਬਸ से मस्ती सीधा बपी रे सुपर्स हम गेम रखते मुट्ठी में हाथ जादू कर जादू कर आए बाजी कर पार्टी कर बाजी कर सबसे अलग सबसे एफसी डिफरेंट कलर बस हम से मस्ती सीधा बपी रे सुपर्स हम गेम रखते मुट्ठी में हाथ जादू कर जादू कर आए बाजी कर पो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 World champion, legacy banking. Who likes me, passion? Savlae dost ko bhi respect karta. A kiji meration, kala mein passion, out of reaction. A chodiye shakal se breathe di, par uski body kadesh. All larki sabre te bas sab, na so ball khulte club, na gali ko rakte bara, na thag mere basa hai rag, na puri laaf zamaani laaf se baatira mast hai, sab dardast hai, happy na mast hai, bhotiye kash hai, kudu nee rast hai, haatok malle se mitani hai.